नमस्कार दोस्तों एग्जाम फन में आपका स्वागत है आज हम आपको जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जैसे कि रेलवे ग्रुप डी बी और यूपी पी के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कृपया वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है ऑप्शन है इक्कीस सौ बाईस सौ तेईस सौ चौबीस सौ इसका सही आंसर है चौबीस सौ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभयोग करने के लिए किसकी अनुसंस्या अनिवार्य है ऑप्शन है प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश संसद के दोनों सदन सही so, आंसर है संसद के दोनों सदन अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं न्यायिक आदेश मतलब रिट। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट हैं तो इसका सही ऑप्शन है पाँच चार तीन दो तो इसका सही आंसर है पाँच अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जालम निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में सहायता करता है ऑप्शन भोजन पानी पोषक तत्व भोजन तथा पानी दोनों तो सही आंसर है पानी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं निम्न में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है ऑप्शन है पायरोमीटर थर्मोकपल थर्मामीटर थर्मिस्टर तो इसका सही आंसर है पायरो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है इसके ऑप्शन है कैडमियम निकेल क्रोमियम पारा तो सही आंसर है कैडमियम अगला प्रश्न है रक्त समूह जिसे जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है ऑप्शन ए बी ए बी ओ तो इसका सही आंसर है सी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विटामिन के किसके लिए आवश्यक है ऑप्शन रक्त का थक्का जमने के लिए श्वसन के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए कैल्शियम फास्फोरस के लिए तो इसका सही आंसर है विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है अगला प्रश्न है आप खाली जगह कुंजी का उपयोग कर माइक्रोसॉफ्ट बर्ड शुरू कर सकते हैं ऑप्शन न्यू स्टार्ट प्रोग्राम कंट्रोल पैनल इसका सही आंसर है स्टार्ट अगला प्रश्न है भूमध्य सॉरी सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है ऑप्शन है एक वर्ष में चार बार एक वर्ष में एक बार वर्ष भर वर्ष में दो बार तो इसका सही आंसर है एक वर्ष में दो बार सूर्य भूमरे रेखा पर लंबोवत चमकता है अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है 20 अगस्त बीस सितंबर 9 फरवरी 29 अगस्त तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त अगला प्रश्न है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण प्रतिकृति बनाना अनुवाद करना तो इसका सही आंसर है प्रोटीन संश्लेषण अगला प्रश्न है निम्न तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है ऑप्शन है आयोडीन लेड टिन मरकरी उसका तो सही आंसर है मरकरी मरकरी जो पारा पारे को हम मरकरी कहते हैं अगला प्रश्न है। एक चींटी जब काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल फा, फास्फोरिक अम्ल तो सही आंसर है बी फॉर्मिक अम्ल अगला प्रश्न सोडियम बाई कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है ऑप्शन है बेकिंग सोडा बोरेक्स, ब्लीच एपसम सॉल्ट तो इसका सही आंसर है बेकिंग सोडा अगला प्रश्न है गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था ऑप्शन है महात्मा गांधी लोकमान तिलक पंडित नेहरू इंदिरा गांधी तो इसका सही आंसर है लोकमान तिलक अगला प्रश्न है निम्न में वह कौन सा मुफ्त एनसियोक्लापीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है गूगल विकीपीडिया एनसिक्लोपीडिया याहू तो इसका सही आंसर है विकीपीडिया अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का उद्घाटन किसने किया ऑप्शन रामनाथ कोविंद श्री जे के अल्फांस नरेंद्र मोदी अरुण जेटली तो सही आंसर इसका ए रामनाथ कोविंद अगला प्रश्न है जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है फतेपुर सीकरी एवं का मकरा तो मीनार आगरे का किला यानी उस मस्जिद का नाम बताना है जो विश्व धरोहर में स्थित है और उस जगह का नाम बताना है तो इसका सही आंसर है फतेहपुर अगला प्रश्न एक टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है ऑप्शन है 256, सौ छप्पन एक हजार चौबीस एक हजार चौबीस गुणा एक हजार चौबीस तो इसका सही आंसर है अगला प्रश्न है एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है ऑप्शन है शिव कृष्ण इंद्र हनुमान तो इसका सही आंसर है शिव इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करें धन्यवाद